शनि क्षेत्र यदा जीवा शनि के क्षेत्र में जब जीव जाएंगे अर्थात मकर व कुंभ में स्थान वृद्धि करो शनि तो वहां पर शनि स्थान वृद्धि करेंगे और स्थान हानि करो जीवा और देवगुरु बृहस्पति स्थान हानि करेंगे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 सेकेंड हाउस के और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड आप लोग समझे होंगे साथ ही साथ इनका ये जो गोचर रहेगा ये आपके व्यय भाव में हो रहा है ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है सबसे ज्यादा ये सावधान रहने की जरूरत है तो आप ही लोगों को है क्योंकि व्यय भाव व्यय भाव में गोचर होगा ट्वेल्थ हाउस किस चीज का होता है मोक्ष का होता है सयाह सुख का होता है साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं विदेश यात्राओं का भी होता है आपके बाय नेत्रों का होता है तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आप लोग स्क्रीन पर पहले कुंडली देखिए और बारहवें भाव में बैठे हुए जो है यहाँ पर बृहस्पति करेंगे क्या खर्च आपके जबरदस्त करवाएंगे निश्चित रूप से चूंकि यहाँ पर वे भाव में चले गए हैं आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव भरा ये गोचर रहेगा सबसे ज़्यादा सावधान आप लोग रहिएगा हम यहाँ पर आपको डरा नहीं रहे सिर्फ आपको बता रहे हैं तो गुरु गोचर जो ये रहेगा देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा इस कारण होगा क्या आपके आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे आपके ऊपर कर्जे चढ़ेंगे लोन चढ़ेंगे साथ ही साथ द्वादश भाव का गोचर जो रहेगा विदेश यात्राओं के योग बनाएंगे यदि आप जो है विदेश जाने की सोच रहे हैं आप लोग जाकर के जो है वहां पर धन लाभ इत्यादि भी ले सकते हैं धन से जुड़ा कोई बात विवाद जो है जो चल रहा था तो उसमें भी कुछ आप लोग निजात पा सकते हैं लेकिन पैसे अधिक खर्च होंगे जमीन में निवेश करने के लिए एक चीज और बता दें देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके पंचम दृष्टि आपके जो है फोर्थ हाउस पर दे रहे हैं तो खर्चे कब होंगे जब आप कहीं पर निवेश करेंगे जाहिर सी बात है तो कोई आप लोग जो है का टुकड़ा ले सकते हैं कोई भूमि ले सकते हैं और उसमें आपके साथ चीटिंग हो सकती है फ्रॉड हो सकता है तो इन चीजों को आपको जो है देखना पड़ेगा पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा एक बात और बता दें कि इस गोचर से आपको को कोई दुर्घटना हो सकती है तो दुर्घटना के योग नजर आ रहे हैं इसलिए वाहन बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाइएगा नौकरी में तबादला हो सकता है नौकरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं रहेगा आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर किसी से अनबन हो सकती है आपके उच्च अधिकारी से आपके बाद विवाद हो सकते हैं क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है ये यहाँ पर वाड़ी का होता है तो वाड़ी दोष भी यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका बात विवाद आपके सहकर्मियों से हो सकता है आपके बॉसेस से हो सकता है घर में कुटुम्ब में परिवार में किसी से बात विवाद हो सकता है दूसरों के लड़ाई झगड़े में आप लोग पड़ सकते हैं साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो है सप्तम जो है छठे घर को दे रहे हैं सप्तम दृष्टि जहाँ पर कर्क राशि उदित हो रही है देख उच्च राशि को रहे तो कोर्ट कचहरी के संबंधित मामलों में यदि आप जाते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप से आपका बचाव होगा जो शत्रु आपको आंख दिखा रहे थे अब तक वो अपनी पल अब झुका लेंगे उस समय के लिए वो आपके सामने नहीं पड़ेंगे शांत हो जाएंगे साथ ही साथ किसी प्रकार की बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से आपका वज़न बढ़ सकता है गैस की समस्या हो सकती है आपके अंदर जो है कह सकते हैं कि चर्बी बढ़ सकती है फैट आपका बढ़ सकता है वजन आपका बढ़ सकता है तो इन चीज़ों को ध्यान देना रहेगा साथ ही साथ यहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड हड्डियों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है इन सब चीज़ों से बचाव के लिए आपको करना क्या रहेगा तो देखिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप लोग पीपल के वृक्ष को जाइए वहाँ पर जल चढ़ाइए पीपल को जो है पीपल वृक्ष को स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए साथ बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करें यदि संभव हो तो पीला चावल बना करके आप लोगों को जो है माता सरस्वती जी का भोग लगाना चाहिए हर बृहस्पतिवार को आप लोगों को खिचड़ी बना करके गाय को खिलानी पड़ेगी साथ ही साथ आप लोग जो है हर बृहस्पतिवार को 250 ग्राम बेसन के लड्डू ले लीजिएगा गाय को खिलाइएगा बृहस्पतवार वाले दिन आप लोग लाल मुँह वाले बंदरों को केला भी खिला सकते हैं बृहस्पतवार का आप लोग व्रत रख सकते हैं बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का आप लोग दान करिए सवा मीटर पीला कपड़ा सवा किलो चने की दाल केसर हो गया पीला चंदन हो गया कोई धार्मिक पुस्तक आपके लिए हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर सभा के लोग गुड़ हो गया गोल्ड से रिलेटेड पुखराज ये सब चीज़ें देखिए दान करने वाली चीज़ें हैं गोल्ड तो हालाँकि नहीं दान कर पाएंगे यदि आपका बजट होता है तो करिएगा नहीं होता तो कोई बात ही नहीं और ये सब किसी बूढ़े ब्राह्मण को करेंगे तो बेहतर रहेगा दर्शकों ये सब आप लोग उपाय करिए और देखिए कितनी शुभता आती है प्रतिदिन उठ करके गुरु कवच का आप लोग पाठ करिए तो दर्शकों आप लोग ये चीज़ें करिए और निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में शुभता आएगी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 sa so